तो दोस्तों आप कैसे हैं सब अच्छे होंगे मस्त होंगे और आज का ब्लॉग है कि आज आज हम कुछ आपको नया दिखाने वाले हैं कि जो भी कि आप नहीं जो भी आप नहीं देखें होंगे उस चीज़ को मैं दिखा रहा हूं अभी और चलते हैं ऊपर और इसके बाद नीचे चलते हैं और इस प्रकार से है तो बाइक मेरी खड़ी हो गई है इस तरफ तो ये देखिए तो बाइक मेरी खड़ी हो गई है खड़ी कर दी है इसके बाद तभी चलते हैं ऊपर चलते हैं ये क्या है गुफा है और इस जो है कि बहुत पुरानी गुफा है एकदम सब युग का और इसके बाद चलते हैं तो हमारे ब्लाग में बने रहिए इसी प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ मैं सारी चीज दिखा रहा हूँ तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर भी चलते हैं चढ़ भी रहे हैं देख रहे हैं किस प्रकार से सीढ़ी है और अंदर इसके जाने के बाद क्या क्या होगा क्या नहीं है ये सब पता चलेगा अंदर जाने के बाद तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से पत्थर है कैसा है किस जगह से अड़ा हुआ है और इस साइड भी देखेंगे तो गुफा है बहुत पुरानी गुफा है और अभी तो सीढ़ी में चढ़ रहा हूँ चढ़ने के बाद अंदर चलते हैं इसके बाद दिखा रहे हैं आपको क्या है क्या नहीं है और इस तरफ देखेंगे तो पहाड़ है जंगल है और इस तरफ पत्थर भी एक बहुत बड़ा है पत्थर और इसके अंदर भी दिखा चलते हुए चलते, चलते दिखाते हैं चलता है कैसा नहीं है तो ये जस्ट इसके गेट के सामने मैं आ चुका हूं और इस तरीके से है नज़ारा और इसके भीतर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है और फिर दिखाते हैं आपको और यहाँ पे बजंगी का मूर्ति भी लगा हुआ है और इधर भी चलेंगे पूरा दिख रहा है आपको और इसके अंदर भी चलते हैं तो आपको दिखा रहे हैं क्या है कैसा नहीं है ये देखिए तो हमारे कमला कमरामैन को एक अगर पूरा फोकस करके दिखाइए कि इस तरह तो क्या है क्या नहीं है तो इस तरह तो देखिए ऐसा है क्योंकि एक खंडहर हो गया है यहाँ पे क्योंकि किसी का जीवन यापन नहीं होता है और यहाँ पे बहुत पुरानी गुफा सब्जी का है और इस तरीके से है और इसके अंदर और ये देखिए और इसके अंदर जाते हैं और ये भी गुफा है और एक और गुस्सा है यहाँ पे देखिए किस तरीके से अंदर है क्योंकि अंदर जाने का उतना तो इच्छा नहीं है क्योंकि अंदर वो भी सकता है कोई जानवर हो सकता है कोई एनिमल हो सकता है तो उसमें आपको हानिकारक हो सकता है किस प्रकार से तो और इसके बाद जगह आप दिखा रहे हैं आपको एक और है तो आप देखिए किस तरीके से उसी प्रकार से ये भी है यहाँ पे भी अंधेरा है क्योंकि तो जानवर कोई भी हो सकते हैं इसी बात नहीं इसके बाद बाहर में निकलता हूँ और ब्लॉग को हमारे कॉन्टिन्यू कीजिए और आपको दिखा रहे हैं पूरे और इस तरफ देखा कि इस तरफ देखिए लीजिए तो भी कितने हाई पे हैं कितने नीचे पर हैं इस तरफ दिखाइए और वहाँ पे स्कूल भी है और इस तरफ भी कुछ कार्यालय है और इस तरफ कुछ गाँव हैं पूरा फोकस मार के इस तरफ के से ऐसी ऐसी कैमरा करके और मैं अभी कम से कम 30 30 किलो मतलब 30 मीटर के हाइट पे हैं मतलब 30 फीट के हाइट पे हैं और इस तरफ पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है और इसी के बाद उस तरफ देखिए गांव है आपको दिखा रहा हूं गांव है कुछ घरें हैं खपड़ का भी घर है कुछ पक्के का घर हैं जैसे जैसे लोग हैं उस प्रकार से हैं सभी लोग तो आपको मैं दिखा दिया तो यहीं से मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जिससे कि बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता है